चात्र को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी जिसके बाद ग्रामीणों ने इस नाले पर अस्थायी कच्चे पुल का निर्माण कर दिया राजनगर तहसील के गुड़पारा गाँव में स्कूल जाने के लिए छात्र छात्राओं को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था बरसात के समय नाले में पानी आ जाने की वजह से पारवा गांव घूमकर 15 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता था बच्चों की इस परेशानी को गाँव वालों ने देखा और फिर इस नाले पर पुल बनाने की ठानी फिर क्या था ग्रामीणों की दस सदस्यीय टीम ने बांस काटकर कर रस्सी के सहारे नाले पर अस्थायी कच्चे पुल का निर्माण कर दिया अब इस नाले पर पुल बनने से स्कूल के छात्र छात्राएं केवल डेढ़ किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल जाते हैं गाँव वालों का कहना है कि उन्होंने नाले पर स्टॉप डैम बनाने के लिए नेताओं और अधिकारियों को अपनी समस्या के बारे में बताया लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया ये समस्या है कि जब हम चढ़कर रास्ता जाते थे यहाँ से पानी के कारण पूरा पूरा डूब चुका है यहाँ पर और पहले तो हम कब मतलब वहाँ से जाते थे तो पहले वहाँ पर नहीं भरा अब पूरा डूब गया पूरा यहाँ पर हो गया है तीन किलोमीटर पर जाते हैं तो पंद्रह किलोमीटर पड़ जाता है सर ये हम लोगों के स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोग अगर ये रास्ता सीधा हो तो तीन चार किलोमीटर पड़ता है और अगर ये वन भर जाता है पुल नरवा तो हम लोग बहुत दूर से आते हैं घूम घाम के बारह किलोमीटर पड़ जाता है हम लोगों को और सर कपड़े अपड़े उतार के भी आते हैं भीग भी जाते हैं फिर भी भीग भी जाते हैं काफी साल से है ये तो बहुत सालों से है दस सालों से कल कल वालों और हम लोग जब लगभग पंद्रह साल से ये सारा ये सारी मुसीबत देखते आ रहे हैं और बच्चे जो यहाँ से निकलती थी तो देखती तो थे लेकिन कोई बस नहीं चलता था कि किस तरह से क्या रास्ता अपनाया जाए तो ताकि ये बच्चे आराम से निकल सके लेकिन हमने अपने साथियों से जो सीखा सामान सेवा के रूप में कि समान सेवा क्या होती है और क्या करना चाहिए अपनों के लिए और दूसरों के लिए तो हमने फिर विचार किया सब ग्रामीणों ने कि क्यों ना अपना हाथ से कुछ ऐसा कार्य करके ताकि कोई व्यवस्था बना सके और दिमाग में आया सब ने मिल के लकड़ी काटी लकड़ी जोड़ी और उनको एक दूसरे से टच करके बाँधा बांध करके इसको सफलतापूर्वक हम लोगों ने तैयार किया और अब बच्ची बड़ी आराम से निकल पाती है लेकिन समस्या ये अब भी ये है कि ये कब तक चलेगा कब तक ये काम करेगा कभी भी ये नष्ट हो सकता है इसकी ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा के लिए बना रहेगा तो हमारी आज भी ये निवेदन कहूँगा मैं अभी प्रशासन से और शासन से कि इस पर थोड़ा ध्यान दें ताकि ये हमें बार बार ना करना पड़े और इसको कम से कम ये आप बता तो कम से कम यहाँ पर आठ फिट पानी भरा है नीचे आठ फिट से कम नहीं होगा उसके ऊपर लकड़ियों का पल तैयार किया है तो पल तो बन गया और लोग निकल भी पा रहे हैं लेकिन ज़्यादा समय तक मुझे लग रहा है कि नहीं टिक पाएगा इसलिए यहाँ पर एक नर्फ बनाने की बहुत सारी आवश्यकता है बहुत ज़रूरत है